एक बार एक आदमी स्टेज पर कुछ परफॉर्म कर रहा था और सारी ऑडियंस उसके सामने बैठी हुई थी उस आदमी ने अपने जेब से दो हजार का नोट निकाला और उस दो हजार के नोट को अपने हाथ में ऊपर उठा लिया और ऑडियंस की तरफ देखकर कहा कि ये नोट किसको चाहिए तो उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए फिर उस आदमी ने उस नोट को अपने दोनों हाथों से मरोड़ दिया और फिर से उसने ऑडियंस से पूछा कि अब यह नोट किसको चाहिए फिर से सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। फिर उस आदमी ने उस नोट को अपने जूते के नीचे रखकर बुरी तरह से दबा दिया और फिर से उस नोट को उठाते हुए कहा कि अब यह नोट किसको चाहिए और फिर से सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए फिर उसने सभी लोगों की तरफ देखकर कहा कि मैंने इस नोट को मरोड़ा अपने जूते के नीचे दबा दिया उछल दिया लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई ये 2000 का नोट 2000 का ही रहा इसी तरह हमारी जिंदगी में भी लोग हमें दबाने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी वैल्यू खोने की जरूरत नहीं है आपकी वैल्यू हमेशा वैसी ही रहती है जैसी आप बनाना चाहते हो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप अपने आप को वर्थलेस समझोगे तो आप वर्थलेस ही रह जाओगे और अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करेंगी तो अपनी वैल्यू करना सीखो सिर्फ एक चीज जिंदगी में मैटर करती है कि आपकी खुद की राय आपके बारे में क्या है आपकी सेल्फ वैल्यू आपके द्वारा डिटरमाइन की जाती है आप कौन है ये बताने के लिए आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है